हाय दोस्तों आप लोग कैसे हैं दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत ही शानदार तरीके से पूरी चल रही होगी दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने पिछली वीडियो यू आई में बनाई थी कि यू की भर्ती के तीन हज़ार पदों पे अनाउंस हो चुकी है और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तों क्या इसमें कितनी सच्चाई है यह कितना सही है या आप लोग को लगता है कि भर्ती इतनी जल्दी आ जाएगी तो दोस्तों मैं बता दूं कि 2018 से ही पुलिस की भर्ती यानी कि यूपी पुलिस के 45000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए लगातार सरकार इस पर न्यूज़ देती रही है लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है लेकिन दोस्तों मैं इसलिए वीडियो बनाया था और अभी बना रहा हूँ कि दोस्तों यदि भर्ती का अनाउंस हो गया है तो कहीं ना कहीं यू की भर्ती आएगी ही आएगी चाहे वो आ जाए या अगले महीने आए या 2023 में आए लेकिन दोस्तों वो भर्ती है वो पक्का आएगी एटलीस्ट मुझे तो दोस्तों एक उम्मीद नज़र आई है कि यूपीएसआई की भर्ती दोबारा आएगी और दोबारा हमें चांस मिलेगा उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने का इसलिए दोस्तों मैंने तो पूरी तैयारी अपनी शुरू कर दी है आगे दोस्तों मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप यू की भर्ती की तैयारी किन सब्जेक्टों से कर सकते हैं और जो दोस्तों मैंने पुराना अपना एक्सपीरियंस है जिस जो देखा है वो अपने अलग अलग वीडियोज में मैं बताऊंगा जो दो जो भी दोस्तों ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक like करके अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे और दोस्तों मैं एक ग्रुप भी बनाऊँगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्सन में भी दे दूँगा आप वहाँ पर जाके उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं यू का ग्रुप होगा वहाँ पर हमारे जो नोट्स हैं आप भी अपना नोट्स साझा कर सकते हैं जो कि आप लोग पेड ग्रुप से लेते हैं दोस्तों कई लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं कि क्या हमें अभी कोर्स परचेज कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए अभी ना परचेज किए हुए कोर्स हम अपनी तैयारी कर सकते हैं तो दोस्तों इस पे भी मैं आप लोगों को जो भी आपके सारे सवाल हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और उसका जवाब मैं जरूर आपको वीडियो के माध्यम से दूँगा तो साथियों आशा करते हैं कि आप लोग यू की भर्ती के लिए बहुत ही उत्सुक होंगे और ये जानकारी आपको प्रेरित करेगी यू भर्ती के लिए तैयारी करने के लिए तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद साथियों